देखिए दुर्राटे काट रही है ओम थो देखिए ढलराए टेक काट रही है ओम थो ले भैया ओम ले भंगे ओम ले भंगे हो देखिए ढलराए टेक काट रही है ओम